मैंने आपके हाथ में पिस्तौल दिए और मेरे हाथ में कुलाड़ी पुष्पा पुष्पा राज मैं झुकेगा नहीं नाम सुन के फ्लावर समझे क्या फायर है मैं